या मकर और कुंभ राशि का स्वामी है दर्शकों आप सभी लोगों को पता है तुला राशि में शनिदेव उच्च के होते हैं और मेष इनकी नीच राशि मानी जाती है शनि का गोचर एक राशि में ढाई वर्ष तक रहता है तो नव ग्रहों में शनि की गति सबसे ज्यादा मंद है शनिदेव को वैदिक ज्योतिष में कर्म का कार्य ग्रह भी कहा जाता है और यदि हम काल पुरुष की कुंडली भी बताए तो जो टेंथ नंबर होता है ये कर्म का होता है लेकिन हकीकत यह है कि शनि की कृपा से दर्शकों इंसान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 दर्शकों शनिदेव के आशीर्वाद से इंसान के बिगड़े काम बनने लगते हैं और हर क्षेत्र में उसे सफलता मिलती है साल 2020 हजार बीस में शनिदेव का जो गोचर रहेगा 24 जनवरी दो हजार बीस को शनिदेव धनुराशि और दर्शकों बात बताना चाहेंगे की ग्यारह मई दो से उनतीस सितंबर के बीच शनि का मकर राशि में वक्री अवस्था में संचार होगा दिसंबर के अंतिम माह में शनिग्रह अष्टमी हो जाएंगे तो इसका प्रभाव सभी राशियों पर कुछ ना कुछ थोड़ा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 में में कोई है कोई है है ज्योतिष से संबंधित या प्रश्न जो आपके मन आ रहे हैं तो आप लोग लोग ट्विटर पर हमसे हमसे करके आप करके, हम आप हैशटैग अपने जो है प्रश्नों का उत्तर जान सकते हैं तो चलते हैं दर्शकों सिंह राशि कैसा रहेगा शनिदेव का यह गोचर साल 2020 हजार बीस में शनिदेव आपके छठे भाव में विराजमान रहेंगे शनिदेव बेसिकली जो स्वामी बनते हैं छठे और सातवें भाव में बनते हैं छठा भाव जो होता है छठा भाव किस चीज़ का होता है ये चिंता का होता है अकारण व्यर्थ की चिंताओं का होता है शोक का होता है शत्रु का होता है रोग का होता है ऋण का होता है मुकदमेबाजी का होता है कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा देगा आपके पेट के ऊपरी भाग से संबंधित यदि कोई रोग है तो ये छठे भाव से देखा जाता है वहीं सप्तम भाव के बारे में हमने आपको बताया था कि जीवन साथी का होता है पार्टनरशिप का होता है बिजनेस का होता है तो छठे भाव में शनि देव का गोचर होने का मतलब साफ है कि देखिए सफलता तो आपको मिलेगी और आपके शत्रुओं का स्वयं नाश होगा शिक्षा से जुड़े छात्रों के लिए साल का मध्य बहुत अच्छा रहने वाला उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने के योग बन रहे हैं सिंह राशि के जातकों इस साल आपको अपनी मेहनत का भरपूर लाभ मिलेगा सफलता प्राप्त करने के लिए भरपूर मेहनत की आवश्यकता रहेगी लंबे समय से चली आ रही बीमारी आपकी दूर होगी खासकर करके जो लोग अस्थमा से रिलेटेड गठिया से रिलेटेड मेंटल मानसिक रोग से रिलेटेड जो भी जातक हैं उनको मतलब बीमारी से राहत मिलती हुई दिखाई दे नौकरी बदलने के बारे में यदि आप सोच रहे हैं तो सितम्बर से दिसंबर तक का वक्त बहुत अच्छा रहेगा शनिदेव का यह गोचर आपके पुराने मित्र से मुलाकात करवा सकती है और ये मुलाकात बड़ी सार्थक रहेगी दर्शकों लेकिन यही ये जो गोचर रहेगा इस गोचर के कारण आपके परिवार में किसी की हानि हो सकती है कोई आपको ठेस पहुंचा सकता है कोई आपको दुख पहुंचा सकता है जीवनसाथी के साथ व्यर्थ के आपके बाद विवाद बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे आपके साथ कोई चीटिंग कर सकता है आप जिसके साथ बिजनेस कर रहे हैं वो आपको चीट करते हुए दिखाई पड़ेंगे उपाय के तौर पर सिंह राशि के जातकों को करना क्या रहेगा कि ये गोचर जो है सुप्रभाव दे पुनः कहेंगे उपाय है दूसरे हो जाते है। लेकिन दर्शकों कुंडली का विश्लेषण नहीं करवाते हैं तो एक कार्य ये करिएगा की शनिवार वाले दिन पीपल के वृक्ष पर जल अर्पण करिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का एक सौ आठ बार जाप करिए दूसरा सूर्य के प्रकाश में थोड़ी देर अपने आप को बैठिए अपने आप को समय दीजिए में में आपको की रोशनी बैठना रहेगा और डेली शाम को एक तिल के तेल का दीपक घर के मुख्य द्वार पर जला करके रखना होगा उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा नए हैं दर्शकों तो सब्सक्राइब कीजिए बगल में बेल आइकन दबाई और पुराने भी है